तो स्वागत है आपका आज आज हम लोग एक साल पुराना गेम खेलने वाले हैं जो हमने एक साल पहले एक वीडियो डाली थी GTA San Andreas एन की आज दोबारा उसी गेम को खेल रहे हैं हम लोग क्योंकि अभी गेम मुझे कोई मिल नहीं रहे हैं तो इसकी मैंने सोची एक बार रीमिक्स रिन्यू वीडियो करनी चाहिए और साउंड क्वालिटी थोड़ा अच्छा हो गया पिछली बार मेरे पास माइक नहीं था इस बार माइक आ गया और अभी हमने दो गाड़ी बदल चुकी हैं पहले कार चला रहे थे इस बार पुलिस कार चला रहे हैं और दिल से सपोर्ट करना सपोर्ट किया तुम लोगों ने अभी एक दिन पहले जो स्पाइडर मैन की मैंने वीडियो डाली थी उसमें तुमने गांड फार व्यू पाँच सौ प्लस व्यू कर दिए तुम लोगों को मेरे दिल की तरफ से मेरे तरफ से दिल पे हाथ रख के बोलता हूँ यार मजा आंध दिया आई सपोर्ट के लिए थैंक यू और तुम लोगों का यही सपोर्ट और सहयोग हमें एक दिन बड़े मुकाम पर पहुँचाएगा और अभी मेरे करंट में एक सब्सक्राइबर हो चुके हैं थैंक्स फॉर सपोर्ट्स यार मज़हब आंध दिया तुम लोगों ने यार ऐसे ही सपोर्ट करते रहो और कुछ नहीं चाहिए और मैं वीडियो तो डालते रहता हूँ और कभी खराब कभी अच्छी होता रहता है यार करंट में अप डाउन होता रहता है यार और अभी हम लोग एरोप्लेन भी उड़ा चुके हैं बिना लाइसेंस के हमारे पास लाइसेंस नहीं है हमने यहाँ पे तीन चार गाड़ी बदल चुके हैं और हेलीकॉप्टर भी उड़ा रहे हैं हम और हेलीकॉप्टर से लैंड भी कर ले रहे हैं क्योंकि अपन किसी नहीं डरता किसी सा नहीं डरता अपुन क्या कर लेगा ये बैठो ये बैढ़ो क्या कर लेगा अरे साथ में है अपन रखते हैं ना पैरासूट तेल की बात कर रहा हूँ पैरासूट तेल एक बार लगाओ बड़ा करो ये मजाक कर कर इसको कट दियो उसके बाद पैराशूट से हम लोग रहे हैं जमीन पे पे अंडरग्राउंड सड़क क्योंकि यार यार में तो तो नीचे तो जाएंगे यार। ऐसी क्या बात करते हो तुम जाऊंगा बस मिलते भी डोबा तब तक के लिए अपनी गाड़ मरा नहीं मराओ